तो क्या आपको पता है आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली totally कोलैप्स हो चुका है आपका एजुकेशन सिस्टम आपको जागरूक नहीं बना रहा है जिसका नुकसान होता है कि आप मीडिया सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट इन सबके चक्रों में पढ़कर अपना माइंडसेट अपना विवेक अपनी बुद्धि नहीं यूज कर पा रहे हैं वो डिसाइड कर रहा है बाजार एडवर्टाइजमेंट, मार्केट डिसाइड कर रहा है आप क्या खाओगे आप क्या खरीदोगे आप क्या पहनोगे इतना मजबूत हो चुका है मार्केट इतना मजबूत हो चुका है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस्ड, इतना एडवर्टाइजमेंट, सिनेमा सिनेमा आपके एक्शन को कंट्रोल कर रहा है आप जैसी फिल्में देखते हो ना आपका सबकॉन्शियस माइंड उसमें बैठ जाती है और वैसी हरकतें करना स्टार्ट कर देते हो आप जो चीज भी देखते हो सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम वो आपके दिमाग में बैठ चुका है उसको बोलते हैं ब्रेन वॉश टेक्निक एडवरटाइजर यानी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट बनाने से पहले इन्हीं बातों का ध्यान रखते हैं भावना पे असर हो अच्छी लगे खर्चा करे ब्रेन वॉश हो जाए थोड़ा सा और सुख भोगने की प्रवृत्ति का ईजाद करे स्वादिष्ट भौतिकवादी तत्वों का और बढ़ावा दिया जाए इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट और मीडिया का युग इसमें युग में बच्चा बर्बाद ही हो रहा है कोई बात नहीं अब हर चीज के प्रति बर्बाद हो रहे हो आप जो कर रहे हो आपको पता ही नहीं क्यों कर रहे हो आप क्या कर रहे हो लोग इसको मॉडर्नाइजेशन बोलते नहीं ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है ये आधुनिकता नहीं इसको बस एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर थोपना बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन होती है थॉट में मॉडर्नाइजेशन होती है विचारों में मॉडर्नाइजेशन होती है प्रोसेस प्रोस, प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस ये होती है इसको बोलते हैं और यह सत्य है यही सत्य है और यही सच होना भी चाहिए तभी देश सुधरेगा तभी देश बतलेगा ना मैं कह सकता हूँ भाई वो हो क्या पिज्जा है क्या बर्गर है अरे भाई वो रोटी जो बच जाती है बासी उसको लेकर बनाया जाता था उसको अब चाव से खाते हो पिज्जा के नाम पे वह ये होता है सोशल मीडिया और एडवर्टाइजमेंट दुनिया का असर ऑन ह्यूमन ब्रेन ब्रेन वॉश कर देता है दैट इज साइंस ऑफ एडवरटाइजमेंट लॉजिक वै जी हाँ दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन के लिए लॉजिक के लिए साइंस अगेंस्ट पोटंकी के बारे में